अरे भाई छुट्टियों में क्या प्लान है तेरा अभी तो स्कूल पूरा जीना मुश्किल कर दिया है ना वही सेम प्लान बाहर ही बारे जाएंगे तो सब मिलके साथ मैं तो कहता तो हूँ मॉरिशियस जाएंगी <laughs> बेटा मोरिशियस है ना उधर लोकल नहीं जाती है बॉम्बे तो पैसे नहीं है और भाई को मोरिशस का बर्गर खाने के आ, मैं तो बोलता हूँ हम लोग उधर जाएंगे वो के कैसे जगह नहीं क्या यार मुझे लगता है ना शायद कश्मीर होगा नहीं रे काठमांडू ना अरे अपना कांदीवली रहे हाँ तो मैं क्या बोल रहा मैं मैं ये तो सौ गैर है